नमस्कार फ्रेंड्स मैं मैं आपकी फ्रेंड क्रिएटिव होममेकर आज एक ऐसी एक्टिविटी आप सबके लिए सामने लेकर आ रही झाड़ू जो पुरानी हो तो जो चुकी है अब ये फेंक सकते हैं क्योंकि तो इससे हमारी आस्था जुड़ी है हम लक्ष्मी मानते हैं इसको तो इसका हम कुछ ऐसा करने वाले हैं इसको वेस्ट नहीं करेंगे इसको फेंकेंगे यूज करेंगे कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम घर में समझ नहीं पाते और वो यूज हो जाती हैं तो मैंने क्या किया है तो मेरे हाथ में आप देख रहे हो ये मैंने झाड़ू से निकाली है अपनी ये बेम्बू स्टिक्स है जो झाड़ू के अंदर होती है मैंने उनको निकाली है तो कुछ एक्टिविटीज मैं इनके साथ करूँगी अपनी आगे आप मेरी और एक्टिविटीज भी इन बेम्बू स्टिक्स को लेके देखेंगे तो इस एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं पहली एक्टिविटी हम लेकर आए और भी यूज़ तो मेरे मेरे सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और हाँ सबसे बड़ी बात नोटिफिकेशन बैल को हिट जरूर करना ताकि मेरी वीडियो आते ही सबसे पहले आपको मिल सके तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो स्टार्ट हेलो फ्रेंड्स आज मैं नई एक्टिविटी लेकर आई हूँ अपने क्रिएटिव होममेकर मेकर चैनल पर और ये एक्टिविटी मैंने झाड़ू की जो पुरानी झाड़ू होती ना उसमें से ये निकलती हैं बांस की कुछ लकड़ियाँ मैंने ये निकाल के उनसे की है तो ये मैंने देखो आप नाइन इंच की एक ली है और साढ़े चार इंच पर निशान लगाया है दोनों में सेम जगह निशान लगाएंगे नाइन नाइन इंच के लिए हुए हैं और सेम जगह निशान लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि इस पर ग्लूगन की हेल्प से ग्लू लगाएंगे और दोनों को आपस में सेट करेंगे एक्यूरेट सेट करना है आगे पीछे नहीं करना और बिल्कुल प्लस के निशान में इसको सेट करके सेट होने के लिए छोड़ देंगे कुछ देर के लिए जब ये ग्लू ड्राई हो जाएगा अब हम इस पर भूल से बना रहे हैं को मतलब निटिंग कर रहे हैं उसकी पूरी बुनाई करेंगे अच्छे से और सेट करते हुए जाएंगे धागे को नीचे से ऊपर की तरफ लाते हुए फिर दूसरी तरफ ले दूसरी स्टिक पे ले जाना और उसके बाद फिर इसको कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे से स मैंने ये देखा था जैसे शादी वगैरह में हल्दी वगैरह का प्रोग्राम होता है वहाँ हैंगिंग ऐसे देखे हुए थे देखे तो ओरिजिनल मैंने नहीं देखा था मैं लिटरली आपको बोलूँ मैंने हैंग करे हुए जैसे आप लोग रील्स वगैरह देखते हैं इन्हीं में देखे थे किसी की हल्दी सेरेमनी का था किसी का कुछ था तो वहीं से देखा और आइडिया आया कि मैं भी अपने घर के लिए ये बनाऊँगी वॉल हैंगिंग और बस फिर क्या था काम शुरू कर दिया उस पर वे ये येलो वाला फ्रेंड्स हमने नाइन इंच लिया था तो नाइन इंच के हिसाब से टू इंच पे हम इसको फिनिश करेंगे और ग्रीन वाला इसमें स्टार्ट करेंगे ग्रीन धागा लगाएंगे और मैंने आपको जो कलर अच्छे लगते हैं आप वो ले सकते हैं मेरे पास ये भूल पड़ी हुई थी एक्चुअली तो मैंने कुछ नया नहीं ख़रीदा जो बचा हुआ ऊन पड़ा था बस उसी को यूज़ किया है किसी काम से लेकर आई थी और उसी को इस्तेमाल करके मैं बना रही हूँ इसको अभी ट्राई करिएगा मेरा ग्रीन वाला भी कंप्लीट हो चुका है अब हम इसमें रेड कलर लगाएंगे तो पहले ग्रीन कलर के धागे को कट कर लेंगे और ग्लूगन की हेल्प से उसको वहां पे स्टिक कर देंगे ताकि वो धागा निकले नहीं देखिए फ्रेंड्स मैंने ग्लूगन की हेल्प से धागे को स्टिक कर दिया अब रेड कलर का धागा लेके हम उसमें रेड कलर की बोल लगा रहे हैं उसको भी सेम प्रोसेस करेंगे फ्रेंड्स कि एक अंटा मार के उसको और उसके बाद दूसरी स्टिक पे ले जाएंगे और वहां से फिर फिर एक से एक राउंड लेंगे और राउंड लेके दूसरी स्टिक पे ले जाएंगे इस तरीके से मैं प्रोसेस करना है फ्रंट साइड साइड ऊपर की दिख रही है आपको मेरे हाथ में वो एक्चुअली उसका बैक साइड है फ्रंट साइड तो नीचे तैयार हो रहा है जो आपको अभी आप देख रहे हैं ना समझ में आएगा लास्ट में कि ये बैक साइड हम अंटे लगा रहे हैं ना इसकी वजह से ये चल रहा है इस तरीके से ये बैक साइड एक्चुअली जो दिख रही है फ्रंट साइड तो बिल्कुल प्लेन आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें स्टिक्स लगी हुई है अभी हमने क्या किया है कि इसका एक लूप बना दिया है जो हैंगिंग के लिए काम आया ग्लूगन से उसको सेट कर देंगे लूप को ये देखिए लूप सेट कर दिया है हमने अब हम इसके लिए टसल्स बनाएंगे फ्रेंड्स ये मैंने एक हार्ड सा पीस था कहीं मुझे पड़ा मिला था उसमें से मैंने किया है उसको मैंने थ्री इंचिस में लिया है और इस पर फोटी राउंड्स मैंने लिए हैं जो टसल बनाने के लिए मैंने राउंड्स लगाए हैं वो टोटल 40 हैं 40 में तो थोड़ी सी अच्छी सी मोटी टसल बनके तैयार हो जाती है ठीक सी होती है आप चाहे तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं मैंने 40 इसलिए लिया क्योंकि मुझे पता था मेरे पास थ्रेड जो है वो इतना ही है और मुझे इसी में तैयार करना है ये देखिए फ्रेंड साहब मैंने एक और थोड़ा सा पीस लिया है टेन इंचज का और उससे इसमें नॉट लगा दिया अब हम इसको निकाल लेंगे बाहर और इसमें कट लगाएंगे कट कर लेंगे फ्रेंड्स उसके बाद ऊपर इसके नॉट लगाएंगे धागा लेके एक अच्छे से टाइप करेंगे ताकि ये निकले नहीं फ्रेंड्स ये भी हो गया हम नीचे से जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है वो निकाल देंगे और उसको सेट कर देंगे कॉम की हेल्प से मैं इसको सेट कर रही हूँ ताकि ये सीधा प्रॉपर हो जाए क्योंकि बोल है तो ऐसे थोड़ा सा फिजी फिजी से था वो जैसे बना हुआ था ना उसका गोला तो वैसे ही था वो तो मैंने उसको कॉम की हेल्प से थोड़ा सेट करने की कोशिश की है ये देखिए हम इसको सेट कर देंगे नीचे से जो एक्स्ट्रा निकल आए हैं देखिए फ्रेंड्स हमारा सेट हो गया अभी हम थोड़ा सा और देखेंगे कुछ और एक्स्ट्रा अगर है तो उसको भी निकालने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा था तो मैंने उसे निकाल दिया है इसी तरीके से फ्रेंड्स मैंने ये तीन बना के रेडी कर लिए हैं क्योंकि हमें तीनों एजेस पे लगाने हैं सेंटर में और लेफ्ट और राइट में अभी हम इसमें फ्रेंड्स कुछ बीड्स मतलब मोती मेरे पास पड़े थे व्हाइट कलर के मैं उसको इंसर्ट कर रही हूँ इस धागे में मैंने फाइव मोती टोटल डाले हैं इसमें आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे कर सकते हैं मुझे ऐसे ही समझ में आया जो घर में सामान था मैंने उसी से किया है तो ये देखिए ये बन गया है और ये मैंने तीनों को सही से सेटअप कर लिया और ग्लू गन की हेल्प से इनको हम सेट करेंगे फ्रेंड्स ये तीनों लग चुके हैं अब मैं ना इसमें मिरर लगाऊंगी कुछ मिरर मेरे पास पड़े थे बस उन्हीं को थोड़ा सा सेट करूंगी ताकि थोड़ा सा और सुंदर लगने लगे ये देखिए मिरर लगने के बाद ये ऐसा दिख रहा है फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज माय